और फिर मैंने यह भी देखा है कि बड़े बड़े खैर वाले लोग थे लेकिन सोबत बुरी मिल गई लोग हैरान तो रह गया ये जो मुशीर वजीर होते हैं यहां तक ले जाते हैं बंदे को। है बुखारी में मौजूद है बादशाह हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह तुझ उस वक़्त अभी कलमा नहीं पढ़ते थे उनको बुला के नबी पाकाम के बारे में सारी बातें पूछी एक एक बात उसने हजूर के बारे में पूछी और आखिर में ये भी पूछा कि क्या उन्होंने माजल्ला कभी झूठ बोला तबूसुफियान कहने लगे नहीं कुरबान जाऊँ मेरी मुखालफत अपनी जगह पर लेकिन वो मेरे सामने पैदा हुए हैं चालीस साल की उम्र में इला ने नबूबत किया है उनकी गोद में बेटियाँ खेलते मैंने देखी हैं उनके मुकदस बाल मेरे सामने सफेद हुए हैं महबूब ने जब भी बोला हक और साची बोला है उसकी ना तबीयत में दीन उतर गया बादशाह की उसने इसके जवाब में बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कहने लगा जिसने बंदों से कभी झूठ नहीं बोला तो वो ये झूठ क्यों बोलेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल बन क्या है उसकी तबीयत तस्लीम कर गई कि नबी पाकर सलात सच्चे और आखिरी नबी है और उसने इजहार भी किया कहने लगा मुझे ये तो उम्मीद थी कि अल्लाह के आखिरी महबूब अपनी शानों अज़मतों रिफतों बुलंदियों समेत तशरीफ लाने वाले हैं पर यह नहीं पता था कि वह अहल अरब में से आएंगे उसने कहा मैं जल्दी से हाजिर होकर ना गुजूर की इतात कबूल करता हूँ लेकिन बादशाह था ना बड़ा आदमी जो होता है ना वो अपने माहौल को ज़रा थोड़ा साथ लेकर चलना चाहता है तो बादशाह ने भी ना अपने जितने उसके वज़ी मुशीर थे उनको भुलाया और अपने महल में दावत दीजरअंदाज देखिएगा और खुद बालाखाने के ऊपर चढ़ गया दरवाजे बंद कर लिए और ऊपर चढ़ के ना उन्हें बालाखाने से झांक के कहने लगा तुम्हें तो भी पता चल गया मुझे भी पता चल गया अल्लाह के आखिरी रसूल तशरीफ ले आए सल्लल्लाहु सल्ला अब मेरा ख्याल है कि हमारी और तुम्हारी बेहतरी और बका इसी में है कि हम बैठे ना रहे जल्दी से जाके महबूबे पाक के दामन को थाम ले जूर की फरमा बर्दारी कबूल कर ले जब ने ये बात की तो वो जो वजीर थे मुशीर थे उनकी हालत इतनी खतरनाक हो गई कि वो तो दरवाजों की तरफ दौड़े कि खोलेंगे और नोच लेंगे बादशाह को ये क्या कह रहे हैं माज अल्लाह इस कदर ज्यादा उन लोगों ने इजहार किया आज तक फिर माजल्ला दीन से दूरी कहा जब बादशाह ने यह कैफियत देखी ना ओहो बंदे देख के रब रसूल से दूर रह गया कहने लगो नहीं नहीं नहीं भाई नहीं नहीं मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा ही रहा था कि तुम अपने दीन के साथ कितने हो। हम नहीं कहीं भी जा रहे हम यहीं रहेंगे यही हमारा दीन रहेगा उन वजीरों ने मुशीरों ने दोस्तों ने करीबी लोगों ने रसूलुल्लाह की गुलामी में नहीं आने दिया इतना बुरा असर करते हैं ये मुशीर वजीर इतना खौफनाक हाल कर देते हैं इंसान का करीब रहने वाले लोग के सामने कर्म का दरिया बह रहा था लेकिन उसकी बदकिस्मती देखो वो दूर इसलिए रह गया कि उसके दोस्त ठीक नहीं थे मशवरा देने वाले ठीक नहीं थे करीब रहने वाले ठीक नहीं, ये दूर रह गया और नजाशी कलमा पढ़ के महबूब का मुसलमान हो गया और हजरत आयशीका फरमाया करती थी नजाशी वो खुशकिस्मत मुसलमान है कि जब वो दुनिया से गया तो उसकी कबर से भी नूर निकला करता था